यही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है यही किसी को ताज कहाँ पहनाती है यू ही कोई अलोम मस्त थोड़ी बनता है कामयाबी उसे ही सहरा पहनाती है जिसके इरादे मजबूत और जिसकी मेहनत में सचा दम होता है